पियू क्या पी रहे हो आप ये क्या है ये आपके पास चाए। चाए। ये है क्या? आपके हाथ में क्या है ये मग है? क्या? मग क्या क्या और इसमें क्या पी पियू मम पी रहा है वेरी गुड ये पियू का मग है इस पे क्या बना है देखो टॉम एंड जेरी क्या बना है देखो क्या बना है इसपे तो तो भुण भुण भुण तो ये म्याव है म्या चल तो मू तो चाय पी रहा है चाय चाय